नमस्ते दोस्तों आज हम कुछ ऐसे सेलेब्रिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि टीवी में एड करके और हॉलीवुड में या बॉलीवुड में एक्टिंग करके या कोई भी अपना पैसन या जो आ, स्पोर्ट खेलते हैं उन सब चीज़ों में तो पैसा कमाते ही साथ में ये जो सेलेब्रिटी हैं ये सोशल मीडिया से भी बहुत सारा पैसा अर्न करते हैं तो आज हम कुछ ऐसे ही सेलेब्रिटीज़ uh, जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे और अगर आप लोगों को नहीं पता होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं नंबर वन पे आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिनके जो कि एक फुटबॉलर हैं और इनके इंस्टाग्राम पर लगभग लगभग तीन मिलियन फॉलोअर्स हैं ये इंस्टाग्राम पर पे एक पेड प्रमोशन के लिए लगभग लगभग ग्यारह करोड़ और लाख रुपये लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है ऐसे नंबर दो पे आते हैं डोवन जॉनसन जिनको हम द रॉक के नाम से भी जानते हैं ये हॉलीवुड में एक्टर के साथ साथ एक बहुत बड़े रेसलर भी हैं डब्ल्यू में तो इनके इंस्टाग्राम में लगभग लगभग दो मिलियन फॉलोअर्स हैं और ये एक इंस्टाग्राम प्रमोशन के लिए लगभग लगभग 10 करोड़ और पचास लाख रुपए लेते हैं नंबर तीन पे आती है कायली जेनर ये बहुत बड़ी एक्टर उसके साथ साथ मॉडल भी हैं इनके इंस्टाग्राम पे लगभग लगभग दो मिलियन फॉलोअर्स हैं और ये ये इंस्टाग्राम पे एक पेड प्रमोशन के लिए लगभग लगभग नौ करोड़ और पचहत्तर लाख रुपये लेती हैं चार नंबर पे आती केम केंद्र सन इनके इंस्टाग्राम पे दो पे मिलियन फॉलोअर्स हैं और इसके साथ साथ ये एक्टर प्लस एक बहुत बड़ी मॉडल भी हैं। ये इंस्टाग्राम में एक पेड प्रमोशन के लिए लगभग नौ करोड़ रुपए लेती हैं नंबर पे आती हैं अरिना ग्रांडे जो कि एक, एक एक्टर और मॉडल है इनके इंस्टाग्राम पे 235 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ये अपनी एक पेड प्रमोशन जो इंस्टाग्राम पे एक ये एक पोस्ट करती है उसके आठ करोड़ 25 लाख रुपए लेती हैं इसी सरंग्राम अगर हम बात करें भारत के जो खिलाड़ी हैं और जो एक्टर हैं वो कितना चार्ज करते अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए तो इसमें जो ये लिस्ट आती है इसमें 18 नंबर पे आते हैं विराट कोहली जिनके इंस्टाग्राम पे 132 मिलियन फॉलोअर्स हैं जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा अकाउंट भी है इंस्टाग्राम का तो ये अपनी एक पेड प्रमोशन यानी कि एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए अगर ये किसी चीज का प्रमोशन करती है तो उसके लिए लगभग 6 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं ये विराट कोहली की बात आती है प्रियंका छोटे पड़ा के इंस्टाग्राम में 65 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ये अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए जिसमें किसी चीज़ का प्रमोशन करती है उसके लिए ये तीन करोड़ रुपए चार्ज करती हैं और मैं एक और आपको एक बात बता दूं कि ये जो है ये 26 नंबर पे आती हैं पेड प्रमोशन की लिस्ट में जो 30 लोगों की लिस्ट है उसमें 26 नंबर पर आती है तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो वो यही एंड होती है और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ ये जो फैक्ट्स हैं इन सेलिब्रिटीज़ के बारे में ये आपको पता था कि नहीं पता थे और अगर नहीं पता था तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे एक रेड कलर का आइकन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए तो और, और प्लीज़ अगर आपको ये जानकारी नहीं पता थी और आप ये जानकारी शेयर करना चाहते तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर से कीजिए इंस्टाग्राम में फेसबुक में या व्हाट्सएप ग्रुप में ताकि उन लोगों को भी पता चले कि जिन सेलेब्रिटीज़ को हम इतना प्यार करते हैं इतना सपोर्ट करते हैं वो एक इंस्टाग्राम पोस्ट से कितना कमाते थैंक यू फॉर वॉचिंग